तो यहाँ पे फाइल मेनू आर के अंदर अगला ऑप्शन आता है ओपन का अब ओपन को समझिए कि ओपन क्या करता है आप जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बर्थ आता है लेकिन जब आप होम जब पे बर्थ देखा था तो होम पे यहाँ पे थोड़ा सा कम लिस्ट था बट न्यू में आपका लिस्ट इसमें ओपन पे में लिस्ट ज़्यादा होता है तो यहाँ आपके पास सबसे पहले पिन वाला सेक्शन आते हैं कि जो आप फाइल पिन कर रखे हैं ऊपर एरिया है तो पिन करने से क्या होता है कि वो लिस्ट से हटता नहीं है अगर आपने मान लीजिए फोन ऑटोमेशन को मैंने पिन कर दिया तो अब ये चला जाएगा पिन वाले लिस्ट में और ये जब मान लीजिए बहुत सारे फाइल में ओपन करूँगा तो ये पिन लिस्ट यहाँ से चेंज नहीं होगा दूसरा यहाँ पे जो लिस्ट है ना वो डेट के हिसाब सेट होता है जैसे कि टुडे तो कल आज जो मैंने ओपन किया है स्टरडे कल जो आपने ओपन किया था दिस वीक हम इस वीक में कौन कौन तो फाइल ओपन कर रखे हैं लास्ट वीक में कौन तो कौन फाइल ओपन किए हैं और उससे पहले कौन कौन है तो इससे क्या होता है हमें समझने में काफ़ी आसानी होती है आप इसका यूज़ दे सकते हैं अब मान लीजिए आप मान लीजिए कि आपकी फाइल इस लिस्ट में नहीं है कोई और फोल्डर में तो आप यहाँ ब्राउज में फोल्डर ओपन करते हैं यहाँ आप फोल्डर को भी देखिए यहाँ पर रिसेंट ओपिन तो फोल्डर भी यहाँ पर आता है इसमें और यहाँ आप फोल्डर को भी प्रिंट कर सकते हैं जैसे मैंने डैशबोर्ड को पिन कर दिया अब ये आपका पिन वाला ऊपर में चला गया तो मतलब yeah. इसके बाद आपके पास एफ टी पी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है एफ टीपी स्पीच जो होता है गूगल ड्राइव टाइप का आप यहाँ पे उसको एड कर सकते हैं वो वन ड्राइव है और वन ड्राइव फॉर बिजनेस है ठीक है वन ऐड तो है, है आप, आप भी यहाँ ऐड कर सकते लेकिन इसके लिए आपके पास होना चाहिए शेयर विथ मी मेरे साथ जो फाइल ओपन की लिस्ट आता है ओके तो हमारा ओपन का